डेली यूज सेंटेंसों में बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि बच्चों के लिए यूजफुल हैं और आप इनका उपयोग करकर अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं तो हमारा जो पहला वर्ड है कोई बात नहीं कोई बात नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नो no प्रॉब्लम चुप रहो सट आप कृपया मदद करें कृपया मदद करने को बोलते हैं प्लीज़ हेल्प अपना ध्यान रखना टेक केयर क्या हुआ वाट हैपिड अफसोस हाउसाइड बस दैट्स ऑल हे भगवान ओह oh गॉड चालू करो स्विच ऑन बंद करो